नमस्ते हम लोग ने आज डिओ स्टार्टर पे पोंगो का मोबाइल ऑटो इंस्टॉल किया है इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं फेज फॉल्ट है ड्राई रन है, है अगर तीन फेज में से कोई फेज चला जाता है या फिर फिर से आता है तो सारे अपडेट्स आपको मोबाइल पे या फिर एस पे मिलेंगे एक साथ आप तीन जन आप इस एक ही साइमल्टेनियसली हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको कोई रेंज की आवश्यकता नहीं है जहाँ तक आपका मोबाइल का रेंज है मतलब जी नेटवर्क है या फिर आपका एयरटेल का नेटवर्क है या फिर कुछ भी हो वो जो जी का नेटवर्क होगा वहाँ तक आपका इसका रेंज मिलेगा मतलब इसको एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ नहीं है जे आ, फिर आप इसका इंस्टॉलेशन भी इजी है ये डीओएल स्टार्टर है इसमें आपको सिर्फ़ तीन मेन वायर्स है और फिर ऑन और ऑफ़ ऐसे चार वायर्स के आपकी इंस्टॉलेसन है तो मैं आपको यहाँ पर डेमो दिखा रहा हूँ इसको ऑन या ऑफ़ कैसे करते तो मैं यहाँ पर जब कॉल कर रहा हूँ तो ये आपको एक आई का मेनू देगा में आपका स्वागत है है, में अभी मोटर बंद है तो मैं इसे चालू करने के लिए एक दबाऊंगा पंप चल रहा है, है अभी ये पंप ऑन हुआ है जब इसको समझ लीजिए आपको इसको बंद करना है आपका काम हो गया आपको इसको बंद करना है तो आपको तीन दबा के इसको बंद करना है तो अगर चालू कंडीशन में अगर कोई लाइट जाती है लाइट फिर से आती है करंट में फ्लक्चुएशन होता है वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है तो ये सारे जो भी प्रोटेक्शंस है वो इसमें इनबिल्ट है तो आपके मोटर को कुछ भी हानि पहुंचने के कोई चांसेस नहीं रहता है तो ये था हमारा